हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए पीएम मोदी ने होकार भरी मोदी ने सुंदरनगर में 500 मीटर लंबे रोड शो ऐसी मोदी ने चुनाई जोश भरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर व सोलन जिला मुख्यालय में भाजपा संसदी के संसदीय स्तर की रैलियों को संबोधित किया चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का हिमाचल का यह पहला दौरा रहा पीएम मोदी चुनाव की घोषणा ऐसी पहले बीस दिन में तीन बार हिमाचल में जनसभाएं कर चुके थे अब जब मतदान में सात दिन का समय बाकी है तो पीएम मोदी हिमाचल में भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भर गए पीएम मोदी के सुंदरनगर और सोलन रैली से भाजपा की नजर चौंतीस विधानसभा सीटों पर है साथियों कांग्रेस कैसे काम करती है इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक एक चीज याद रखिए भूलना मत पचास साल से ज्यादा हो गए जब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी जब भी आओ गरीबी हटा के नारे लगाओ गरीबी हटाओ नारे लगाओ वादा करना और लोग भी मानते थे हाँ यार गरीबी जाएगी चुनाव होते गए गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस सरकार बनाती गई लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी जूठे वायदे करना जूठी गारंटी देना ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही इसका गवाह भी पूरा देश रहा है कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं उसमें आप आप निकाल करके देख लीजिए 2012 में उनके जो वादे किए थे जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र उन्होंने जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं भाइयों बहनों दिन रात खपा देते हैं भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया लिया था ना लिया था ना पूरा किया कि नहीं किया पूरा किया कि नहीं किया भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था भाइयों इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसे नहीं जरा जोरों से बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है वादा निभाया कि नहीं निभाया वचन पूरा किया कि नहीं किया